हेलो दोस्तों मैं हूं दीपक मोबाइल से ईमेल आईडी कैसे बनाए हाउ टू क्रिएट अ न्यू जी मेल आई डी मोबाइल आज के डिजिटल समय में सभी लोगों के पास ईमेल आईडी होना बहुत ही जरूरी है सभी लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं होता है इसलिए ईमेल आईडी नहीं बना पाते हैं आज के समय में सभी के हाथ में स्मार्टफोन होता है जिससे हम सभी ई मेल बना सकते हैं तो चलिए आज हम इस इस वीडियो के माध्यम से आपको ई मेल कैसे बनाते हैं सिखाएंगे गूगल सर्च इंजन हमें फ्री में ईमेल मेल बनाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करता है तो चलिए गूगल के सर्च बार में हम जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम गूगल की सहायता से फ्री न्यू जी मेल बनाना सीखते हैं अभी हम अभी मैंने अपने गूगल के सर्च बार को ओपन कर लिया है यहाँ मुझे टाइप करना होगा न्यू जी सर्च बटन को दबाना है इसके बाद नीचे जाएंगे क्रिएट एन जीमेल अकाउंट जीमेल हेल्प गूगल सपोर्ट पे क्लिक करना है इसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है इसके बाद गूगल हमसे हमारा जानकारी पूछता है इसमें नाम पूछा है लास्ट नेम पूछा है यूजर नेम पूछा है पासवर्ड इन पासवर्ड इसके बाद पासवर्ड को हमें कन्फर्म कराना है इसके बाद नीचे में एक ऑप्शन है शो पासवर्ड हमने कोई पासवर्ड टाइप हुआ है किया हुआ है अगर हमें लगता है कि गलत है तो हम उसको क्लिक करके देख सकते हैं अभी मैं इसको अनचेक कर देता हूं मैं फर्स्ट नेम वाले बॉक्स में हमें हमारे नाम का पहला नाम दर्ज करना है लास्ट नेम वाले बॉक्स में हमें हमारे नाम का अंतिम नाम दर्ज करना है यूजर नेम वाले बॉक्स में हमें ध्यानपूर्वक यूजर नेम चुनना है यही हमारा यूजर नेम होगा पासवर्ड वाले बॉक्स में हमें एक स्ट्रांग पासवर्ड चुनना है उसके बाद कंफर्म वाले बॉक्स में हमें पासवर्ड को टाइप करना है ताकि कंफर्म हो जाए शो so, पासवर्ड इस बॉक्स में कुछ चेक करके हम जो पासवर्ड टाइप किए हैं उसको हम देख सकते हैं इस तरह से मैंने सभी बॉक्स को प्रॉपर भर लिया है और दोबारा चेक कर लिया है मुझे श्योर होने के बाद नेक्स्ट बटन को दबाने की जरूरत मैंने यहाँ सभी बॉक्स को प्रॉपर भर लिया है और एक बार जांच भी कर लिया है मेरे द्वारा सही जानकारी भरने के बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है मैं यहाँ क्लिक कर दिया इसके बाद मुझे मुझ मुझे मोबाइल नंबर डालना है सभी जानकारी भरने के बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ सेंड पे क्लिक करना है गूगल मुझे वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन कोड को टाइप करने के बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है इसके बाद हमें यहाँ स्किप कर देना है आई एग्री करना है जी हमारा जी मेल क्रिएट हो चुका है देखिए ये हमारा क्रिएट जी मेल है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी यह जानकारी मिल सके